दस रुपया दस रुपये दस बंद फेसबुक में दस रुपए में भैया भैया मुझे अपनी आई बंद करवानी आइए आइए आइए इसमें आप अपना फेसबुक का आई नंबर डाल आपकी आई डी बंद हो जाएगी लीजिए लीजिए भैया लो मैं आपकी आई बंद कर देता हूँ no, no, no, no, no, no. मैडम आपकी आई बंद अब लाओ दस तो हेलो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ऐसी और वीडियो देखने के लिए